मज़ा खुद में झाकने के लिए जिगर चाहिए जनाब है दूसरों तो में बुराइयांधने में तो हर शख्स माहिर होता है